हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम फिर से जानने वाले हैं पोको एक्स थ्री के बारे में चलिए आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्ले लाइट और नो ग्राफिक्स चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं यदि आपके फोन में लाइट नहीं आ रहा है तो आपको यही स्टेप फॉलो करनी है सबसे पहले हमें ये बी वोल्टेज वगैरह सब चेक कर लेने यहाँ से देख लीजिए आप जैसे सप्लाई आ रहा है पीछे से भी आ रहा है ये आई से लाइट के लिए सप्लाई और ये आई से जनरेट हो रहा है ठीक है तो प्लस ये पूरी ट्रैकें चेक कर लेनी है आपको ये वाली पूरी जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे यह कंपोनेंट कैपेसिटर भी चेक कर लेने हैं और ये पूरी ट्रैक चेक कर लेनी है और ये जो मेन डायवर्ट है अपना डाइवर्ट ये वाला है मेन और ये वाला वॉय है एक मेन दोनों ही कॉल मेन दिख रहे हैं वैसे फ्रेंड्स तो आप ये दोनों ही कॉयल चेंज कर लीजिएगा और साथ ही साथ ये जो है डायवर्ड भी चेंज कर लीजिएगा और ये सप्लाई आप चेक कर लीजिएगा आपका सप्लाई प्रॉपर ओके है कि नहीं है अब आ जाते हैं हम डिस्प्ले ग्राफिक्स पे तो डिस्प्ले ग्राफिक्स का ऐसा मसला है फ्रेंड्स ये जाता है ज़्यादातर सी में जैसा आप देख पा रहे होंगे पूरे के पूरे सप्लाई हमारे जो है सी में गए हुए तो सी के आप ये सब ट्रैके आप यहाँ से आप वैल्यू चेक कर सकते हैं अपने मल्टीमीटर के थ्रू कि आपकी वैल्यू कहाँ कहाँ से आ रही है सी से कि नहीं आ रही है कुछ कनेक्शन इसमें गए हुए पावर आईसी में आप जैसा देख पा रहे होंगे ये कनेक्शन पावर आईसी में गए हुए दो पावर में गए हुए हैं तो बस टॉपिक फ्रेंड आज का बस यही था अगर आप यदि आप चाहते हैं कि मैं और दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या तो आप कॉल कीजिए चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अब जल्द से जल्द मुलाकात होगी ओके बाय बाय